मेरी बेरनी जिंदगी है तुम इसमें होली के रंग भर दो आज मुझे गले लगा कर एक एहसान और कर दो बुला दो कड़वी यादें होली के रंग में फिर से रंगीन सपने देखें चलो संग में मेरा तन मन हर रंग से गीला कर दो लाल पीले नीले रंग मेरी मांग में भर दो तुम इसमें होली के रंग भर एक ऐसा और कर दो